जमाना नाम का शर्ट तो है ही बदनामी के लिए क्या जमाना आ गया है बात जमाने की या उगरते सबालों की बात निभाने की या मुकरते इंसानों की माने के छोटे जहां तो के छोटे महान के छोटे लग गए सोसाइटी का दूसरा नाम वैसे नेगेटिविटी होना चाहिए जानकारी सोचने से करने तक रोक और नोक की झूक से बढ़ के बढ़ ला है अब सफल होना है तो जमाना तो बीच आएगा ही so सो एक्सपेक्ट लेस फ्राम पीपल्स अवॉइडिविटी फोकस मोर पर हाँ society. <laughs>